उत्तर है पायल काजल बिंदु ऐसा कौन सा वाहन है जो आपके ऊपर से चला जाता है फिर भी आपको कुछ नहीं होता है जवाब सोचने के लिए आपके पास दस सेकंड का समय है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 क्या आपने जवाब सोच लिया है तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है उत्तर है नमक <laughs> अंत में एक जोक हो जाए जिन लोगों को सुगर है कृपया वह लोग भी सब्र ना करें क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है